नमस्कार दोस्तों आप सभी किसान भाइयों का खेती का डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे आलू में जो झुलसा रोग लग जाता है उसके बचाव के लिए हम कौन से ठंडा का दवा का उपयोग करेंगे यदि झुलसा रोग नहीं भी लगा है तो हम ठंड से आलू को अपने किस तरह बचाकर रख सकते हैं यदि नहीं भी लगा हो तो हम कौन सा दवा का उपयोग करेंगे ताकि मेरा आलू का जो पौधा है वो ठंड से बच सके तो आइए हम आज जानते हैं ये है इंडोफील एम पैंतालीस हमारे पास अभी तीन ही कंपनी का अभी इंडोफील एम पैंतालीस एवेलेबल था इसलिए मैंने तीन ही को रखा है आप कोई भी मार्केट से मैनको 25 सेवेंटी परसेंट डब्लू भी आप खरीद सकते हैं इसके छिड़काव से आपके खेत में जो पौधा है आपका आलू का उन्हें ठंड से बचेगा ठंड नहीं लगेगा आपके पास जो खेत में आलू का जो पौधा है उसमें रेगुलर आप मैनकोजेब सेवेंटी फाइव परसेंट डब्ल्यू बी का उपयोग करेंगे ताकि आपका जो आलू का पौधा है वो बच सके ठंड से आप इसका प्रयोग आठ से दस दिन या पंद्रह दिन आप देख सकते हैं आप जिस तरह से पौधा हो उस तरह से आप छिड़काव करें मिनिमम जो होता है आठ से दस दिन पर छिड़काव इसका कर सकते हैं अधिकतम जो होता है पंद्रह हमारे पास एक और धानका का है एम पैंतालीस इसमें भी मैनको जेब सवेंटी फाइव परसेंट रहता है हमारे पास 500 ग्राम का अवेलेबल था इसलिए मैंने 500 ग्राम को रखा है आप इसका 100 ग्राम पर कट्ठा के हिसाब से आप इसका स्प्रे करेंगे ताकि आपको जो आप आलू का पौधा है वो ठंड से बच सके और एक है मेरे पास प्लांट का है एम है ये तीसरा है मैनको जेब सवेंटी इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं आपको सब ही यही मेरे पास तो तीन ही अवेलेबल था अब इसका आता है दाइथेम आता है आपके पास किसी भी प्रकार का जो ठंड का दवा है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप उसका कंपोजिशन देख लीजिएगा मैनकोजेब सवेंटी फाइव परसेंट डब्लू पी होता है और सौ ग्राम दस लीटर पानी में रखकर कर इकट्ठा का स्प्रे होता है आप देख लीजिएगा अपने नजदीकी दुकानदार से भी पूछ सकते हैं यही बताएँगे पंद्रह लीटर पानी अगर ब्लजर कीन है तो पंद्रह लीटर पानी में डेढ़ सौ ग्राम रखिएगा डेढ़ काटा खेत छिटिएगा ये आपका आलू का पौधा यदि कमजोर है तो आप किसी भी प्रकार का टॉनिक का इस्तेमाल उसमें मिलाकर कर छीट सकते हैं दस लीटर पानी में बीस एमएल का एक लीटर पानी में दो एमएल के हिसाब से आप देख कर रख लीजिएगा हमारे पास ये बूम फ्लावर जैसे इसमें नाइट्रोवेंजिन रहता है नाइट्रोवेंजिन तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं होता है विंची विन इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं हमारे पास दो ही अभी अवेलेबल था इसलिए मैंने दो ही को अभी दिखाया है विंचीबिन है इसका भी आप दो टंकी में पंद्रह लीटर पानी में आधा और फिर पंद्रह लीटर पानी में आधा आप कर इसका भी स्प्रे कर सकते हैं मार्केट में आजकल बहुत सारे टॉनिक आ गए हैं एक क्रॉप ब्लेंचर ब्लंचर का है विंचीबिन आप मीरा सबसे जो पहले आता था मीरा वो अभी आज भी अवेलेबल होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दस लीटर पानी में बीस एम एल पंद्रह लीटर पानी का अगर टंकी है तो तीस एम कर सकते हैं यदि आपके खेत में आलू के पौधा को अगर कीड़े मकोड़े कट कर दे रहे हैं उसे हम कमुआ बोलते हैं आम भाषा में शायद अंग्रेजी में नहीं मालूम है क्या बोलते हैं उसे आप उसके निवारण के लिए आप फिनवाल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका भी दस लीटर पानी में बीस एम एल लीटर पानी का अगर टंकी है तो तीस एम एल लीटर पानी में दो एम के हिसाब से आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं फिनवाल इसमें होता है बीस परसेंट होता है इसी आप मार्केट से ले सकते हैं